खतरपुर के बक्सवाहा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है यहाँ एक हैंडपंप पानी के साथ साथ आग उगल रहा है यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो लेकिन यह सच है बुंदेलखंड में जमीन के नीचे हीरे के साथ गैस का भी भंडार है प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है बक्सवाहा से 10 किलोमीटर दूर कछार गाँव में हैंडपंप में तेज गति से पानी के साथ आग निकल रही है दरअसल गाँव में दो हैंडपंप है जिससे ग्रामीणों का काम चलता है लेकिन जब दोनों खराब हो गए तो ग्रामीणों ने हैंडपंप खोलकर जैसे ही ठीक करने की कोशिश की वैसे ही हैंडपम्प ने पानी के साथ आग उगलना शुरू कर दिया जिसे देखकर ग्रामीण घबरा गए और उन्होंने हैंडपंप को वैसी ही हालत में छोड़ दिया अब प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है पहले वो पानी निकलता था फिर आग निकली अब आग और पानी दोनों संग फेंक रही है तीन है पानी की श्रीमान जी कोई व्यवस्था नहीं है तो उसी पूरे गाँव का काम चल रहा है बहुत परेशान है श्रीमान जी वहाँ पे तो इस संबंध में मुझे अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है और इसको मैं दिखवाता हूँ देखने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है